बहन कल तेरा बर्थडे है ना बोल गिफ्ट में क्या चाहिए भाभी भाभी दे दे बहन मिल गई तेरी बेबी मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है लेकिन दूर हो मैं क्या करूँ जब तक मेरे से काम चला लो ना किसने बोला किसने बोला मेरे बाबू ने खाने में क्या खा बाप के जूते बेबी मुझे गले लगाकर कैसे फील होता है जैसे मौत को को गले है? यार, यार बेबी वैलेंटाइन पापा घर से बाहर निकलने नहीं देंगे मतलब बाप समझदार है बेबी मुझे आईफोन दिलाने के बाद तुम कहाँ बिजी भी थे भीक मांगने में बाबू मेरे पापा मेरी शादी करवा रहे हैं आप क्या करोगे आप करना क्या है दूसरी फंस पे लड़कियाँ मरती हैं तो ब्रश क्या करना भी शादी कब करेंगे तेरा काटने के बाद बीबी गैस करो मैं तुम्हें कहाँ लेके जाने वाली हूँ रास्ते पे हुस्न की मलिका अंधे को दस रुपया दे दे इसने मुझे हुस्न की मलिका दे दो दस रुपये बेचारा सच में है <laughs> क्या समझते हो तुम अपने आप को बहुत बड़े मस्करे हो तुम बहुत बड़ा जो मारा है तुमने हाँ मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा आयोगे माँ बीबी <laughs> <देखेए। laughs> <द्देखेए। laughs> दुनिया में सबसे अच्छी रहने की जगह कौन सी है लंदन या पैरिस <laughs> <laughs> <laughs> मेरा बाबू मुझसे गुस्सा है बाबू अब कुत्ता बोल रहा है 你別笑 <这你别笑。笑> <笑>